मेरी आंखें गई है, देख कर तुझको जाना तुझे देखा जो मैंने हो गया है दिल ये दीवाना सपनों की मेरी शहजादी तुम्हें बतलाऊ कैसे कभी तो मेरी नजरों से देखो समझाओ कैसे तेरे बालों